नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 19 जनवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपके अंदर उपस्थित उस पर ब्रह्म को शीश झुकाते हुए मैं ज्योतिर्विदासी स्वस्थ लखनऊ से आप सभी लोगों के बीच दिन रविवार 19 जनवरी का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है दर्शकों रविवार दिन रहेगा क्या कुछ खास संयोग आज के दिन बन रहे हैं तो आइए आज के पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है और ये पांच अंग है तिथिवार नक्षत्रियोग करण विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख दिन रहेगा रविवार और सूर्योदय होगा प्रातः सात बजे सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर तैतीस मिनट पर इसके अलावा जो तिथि रहेगी आज दसवीं तिथि रहेगी दसवीं तिथि के बारे में हमने आपको बताया था पूर्व में ही कि दसवीं के दिन परवर का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वहराण में इसकी मनाही है नक्षत्र की बात करते हैं तो विशाखा और अनुराधा नक्षत्र रहेंगे वही जो है वरिज और विष्टिकरण रहेंगे इसके साथ साथ सुल और गण्ड योग रहेगा अः के गोचर के बारे में बता देते हैं तो चंद्रदेव देखिए शाम को पाँच सैतालीस मिनट तक की तुला राशि लिब्रा में रहेंगे इसके बाद ये अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्य देव कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहे हैं दिशा की बात करते हैं तो रविवार दिन रहेगा पश्चिम दिशा की ओर दिशा रहता है तो यदि ये अगर आज आपको यात्रा करनी हो तो कोशिश कीजिएगा गुड़ का सेवन खाइएगा पान खा लीजिएगा दही खा लीजिएगा घी खा सकते हैं इसके बाद आप यात्रा करिए और पहले पश्चिम की ओर ना जाकर के पूर्व की ओर आपको चार पग चलना रहेगा तदउपरांत आपको पश्चिम की ओर यात्रा करनी पड़ेगी गी तो ये तो था हमारा जो है 19 जनवरी का दैनिक पंचांग अब हम पढ़ते हैं अपनी राशिफल की ओर मेष से लेकर के मीन राशियों का क्या रहेगा हाल डेली होरोस्कोप इन हिंदी क्या कहता है हिंदी में होरोस्कोप सिर्फ इसी चैनल पर और दर्शकों यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो राशि फल में हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि वालों आज का दिन खुशिया लेकर के आया है अगर आज आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही है कोई योजना चल रही है तो आज आप लोग उसको उस पर इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे उस पर काम करते हुए नजर आएंगे आज कार्य के लिहाज से दिन सही रहेगा भाइयों और दोस्तों का छोटी दूरी की यात्रा होने के भी योग बन रहे हैं जिनसे जो है पैसा आपने उधार दिया है वो आज, आज आपको वापस मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आदित्य हृदय का पाठ करना है और साथ ही साथ भगवान भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा आ, हाँ राशि के जातकों शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक रहेगा एक वृषभ राशि आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है कुछ नए स्रोतों से धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं चारों तरफ आज खुशी का माहौल रहेगा खास करके जो स्टूडेंट्स हैं तरक्की के लिए कोई नए उनके ऑप्शन मिलेंगे आज यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका एग्जाम जो है क्लियर कट पास होते हुए इसमें दिखाई पड़ रहे हैं जो अविवाहित लोग हैं उनको वर की प्राप्ति होगी और विरोधियों से आज, आज आपको लेकिन सतर्क रहने की हां सितारे सलाह दे रहे हैं उनके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे आपके खिलाफ वो सफल साबित हो सकते हैं आज आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा गुड़ का आपको दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा दो मिथुन राशि के जातकों आज का दिन अच्छा रहेगा खास करके जो स्टूडेंट्स खेल कूद से रिलेटेड जो है पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा जीवन साथी की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें इसी में आपकी भलाई रहेगी वरना आप लोगों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है मिथुन राशि के हैं और जो लोग प्लास्टिक का, का कारोबार करते हैं टॉयज का, का कारोबार करते हैं उन्हें आज उम्मीद से कई गुना ज़्यादा धन लाभ मिलेगा मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं इनको थोड़ा सा आज सतर्क अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी आज लक्ष्य प्राप्त करने तक अपनी हिम्मत को मत छोड़िएगा सफलता आपको शाम तक की जरूर मिलेगी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अधिक रहेगा ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा और अपने आप को थोड़ा नम, नर्म रखिएगा आज आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान भोलेनाथ पर आज जल में कुमकुम डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा दो कर्क राशि के जातकों जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी कारोबार में किसी नए जो है पार्टिस कोई आपके नए हिस्सेदारी का आने का योग बन रहा है आज जरूरी काम पहले करने की सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज, आज आपको जो है आपके जो पूर्व में किए गए निवेश है उनसे आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी अनुभवी व्यक्ति से आज आज आप मदद मांग सकते हैं छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया बढ़िया बढ़िया रहेगा एग्जाम्स वगैरह आपके होंगे विवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला उपाय के तौर पर तो आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए आपको तरक्की मिलेगी शुभ कलर रहेगा रेड शुभ अंक रहेगा चार सिंह राशि के जात आज का दिन मिला रहने वाला है कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी जिससे आपको तनाव की स्थिति थोड़ी सी बढ़ सकती है जीवन साथी के सहयोग से आज, आज आपका तनाव कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सहकर्मियों की निगाहें आज आप पर बनी रहेगी आपको कोई वॉच करेगा अपनी भाषा पर आज आपको कंट्रोल रखना है अपनी जिब्भा पर आपको कंट्रोल रखना अन्यथा किसी से आज, आज आपका वाद विवाद हो सकता है आज सिंह राशि के जातक है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है आर्थिक पक्ष पहले से बेहतरीन रहेगा आज दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन मधुर रहेंगे ब्राह्मणों के पैर छूकर के आशीर्वाद लेना रहेगा और गुड़ का दान करना रहेगा शुभ कलर रहेगा और इन शुभ अंक रहेगा पांच कन्या राशि के जातकों दिन आपके फेवर में रहने वाला है आज आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी उतनी ही ज्यादा आज आप सफल होंगे कन्या राशि के जातक जो लोग नौकरी कर रहे हैं आज उनको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष काम करेंगे जिससे आज आपको काफी ज्यादा धन लाभ होगा कन्या राशि के जातक हैं स्टूडेंट्स हैं तो बंद किस्मत का ताला नोट कर लीजिए बंद किस्मत का ताला आज खुल सकता है कैरियर में अच्छे बदलाव के अवसर लेकर के आज का दिन आया स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा योग वगैरह प्राणायाम वगैरह करिए और साथ ही साथ आज अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा सात तुला राशि आज का दिन थोड़ा सा तनाव भरा हो सकता है छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करे एकाग्र चित रहे तब अपना काम करिएगा आज आपके अंदर ऊर्जा का फ्लो बना रहेगा आज अपने टास्क से घबराइएगा नहीं आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा स्टूडेंट्स के लिए आज सफलता भरा दिन है कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। खास करके जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है कारोबारियों को आज कुछ आर्थिक रूप से जो है लाभ हो सकता है करना क्या रहेगा तो ओम सूर्य आदित्याय नम ओम सूर्य आदित्य नमस सिर्फ इतना सा मंत्र है 108 बार करिए और गायत्री मंत्र को 108 बार पढ़िए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा वृश्चिक राशि चंद्रदेव आपकी ही राशि में शाम को चलायमान हो जाएंगे तो आज आपके ज्यादातर काम जो सुबह सेठ के थे ये पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे दोस्तों के साथ कहीं घूमने का, का कार्यक्रम बना सकते हैं आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा कोई बहुत बड़ा फैसला भी आज आप लोग ले सकते हैं बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए नए मौके मिलेंगे कुछ मामलों में किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही फैसला करिएगा आज यात्राओं का योग बन रहा है लंबी दूरी की यात्राएं आज आपकी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा एक धनुराशि धनुराशि के जात को आज सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे ले जाएगी खास करके जो स्टूडेंट्स हैं इनके कैरियर के ऑप्शन कई ज्यादा मिलते हुए दिखाई पड़ जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ खुशखबरी मिलेगी आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं मौज मस्ती भरा आज का दिन रहने वाला है लेकिन आज, आज आपका पैसा खर्च बहुत होगा दोस्तों के ऊपर भी हो सकता है परिवार के ऊपर भी हो सकता है आज किसी जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में लेकर के जो है जो फैसला आएगा ये आपके पक्ष में रहेगा आज का दिन कारोबार में तरक्की दायक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि किसी कुत्ते को आज आपको रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और उसके बाद खिलाना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन जल का अधिक सेवन करिए किसी छोटी कन्या को आज आपको कुछ मीठा बांटना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात मकर राशि के जात को आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है अगर आप व्यवसायिक कार्यों से जुड़े हैं तो आज पाएंगे कि आपने अपने सहकर्मियों और प्रतिस्पर्धियों से कितने ज्यादा आगे आप लोग निकल गए हैं लोग आज आपसे काफी प्रभावित होंगे इस सुनहरे समय का आपको सदुपयोग करना रहेगा आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे खुद को प्रमोशन की लाइन में आज आप लोग सबसे आगे पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके जो है जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए क्योंकि सूर्यदेव आप ही की राशि में संचरण कर रहे हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा दो कुंभ राशि के जातकों राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए आज कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है जो काम आज हो सकता है उसको कल के लिए मत डाले तो बेहतर होगा छात्रों को आज करियर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत व लगन से काम करना होगा शारीरिक रूप से आज आप स्वस्थ रहेंगे आज के दिन घर जो है घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी कोई नए रोजगार की कोई नए वाहन क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है पंछियों के लिए बाजरा डालिए और जल का जो है उनको इंतजाम करवाइए साथ ही साथ किसी विकलांगों को मीठा भोजन आज आपको कराना रहेगा शुभ कलर रहेगा जो है आपके लिए ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ अंतिम राशि फल पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जात को आज आप लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे साथ ही साथ आज सफलता जो है आपकी संतान पक्ष की सफलता आपको गौरवान्वित महसूस करा सकती है आज के दिन धन में वृद्धि होगी व्यापार में वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राओं का योग आज प्रातः काल से बना हुआ है के जात को। आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा अविवाहित लोगों को कोई विवाह का प्रस्ताव भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा बेहतर रहेगा आप लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं वहीं पूर्व में जिनको आपने पैसा उधार दिया हुआ है वो आपको वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी पुराने मित्रों से भी आज आपको मुलाकात हो सकती है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मीठा चावल बना लीजिएगा और मीठा चावल गाय को कुत्ते को और कौवे को खिलाइए तो बेहतर रहेगा केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभि पर लगाइए और भगवान भास्कर अर्थात सूर्य नारायण के समक्ष बैठ करके आपको और 108 बार गायत्री मंत्र का आज आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए मिलते हैं अपने नए वीडियो में दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार